नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका रिवीजन विद योगेश के इस YouTube चैनल पे राजस्थान ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एम जो है इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपको निरंतर मिलते रहेंगे चैनल का नाम है रिविजन विद वी योगेश वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शायर के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि जिंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया उस वक्त मेरे दोस्त आपकी कहानी की असली शुरुआत होगी इसमें एक बहुत तगड़ा मैसेज छुपा हुआ है तो एक बार इसको दोबारा पढ़ लो आप लोग कि ज़िंदगी में ऐसा भी वक्त आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया है उस वक्त मेरे दोस्त आपकी कहानी की असली शुरुआत होगी चलिए अब राम का नाम ले स्टार्ट करते हैं दूसरा ये जो है अपनी सीरीज़ है एक क्लास हमने इस पर पहले बनाई है अभी दूसरी क्लास पर बात कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है अगर मान के चलते हैं तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जो है वो स्टेट है और इसका जो परसेंटेज है वो 10.41 परसेंट है याद रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है अगर राजस्थान के मैप की हम बात करते हैं इस प्रकार से अगर राजस्थान का मैप बनता है तो इस साइड आता है जैसलमेर जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा है जैसलमेर के बारे में बता देता हूँ और इस साइड आता है अपना धौलपुर धौलपुर क्या है सबसे छोटा तो इस हिसाब से क्या है धौलपुर से जब जैसलमेर की साइड हम लोग जाते हैं तो ये बढ़ते क्रम में होता है मतलब सबसे छोटा धौलपुर और सबसे बड़ा जो ज़िला है वो जैसलमेर आएगा चलिए बात करते हैं तेईस नंबर क्वेश्चन पर इस समय दो में राजस्थान में कितने उप है तो राजस्थान में उप जो है वो फिलहाल दो है डी ऑप्शन आपका राइट right आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चौबीस नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ज़िला राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं लगता देखो पांच जो स्टेट है वो राजस्थान की सीमा पे लगते हैं जिसमें से अगर बात करें बांसवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश की सीमा पे लगता है प्रतापगढ़ भी लगता है झालावाड़ भी लगता है तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा उदयपुर उदयपुर जो है वो मध्य प्रदेश के साथ किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं बनाता अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि उदयपुर किसके साथ बनाता है आपके पास ऑप्शन है गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा या मध्य प्रदेश मान लो मध्य प्रदेश तो हम लोगों ने काट ही दिया तो मोस्ट uh, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन आप लोगों के पास होगा आपको पता होगा कि गुजरात जो है वो दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान के एक साइड अगर राजस्थान की बात करते हैं इस प्रकार राजस्थान का मैप बनाते हैं तो इस साइड पाकिस्तान आ जाता है और इस साइड गुजरात आता है और उदयपुर अपना यहां पर बनता है उदयपुर तो ये जो जगह है उदयपुर की ये किसके नज़दीक आ जाएगी ये गुजरात के नज़दीक आ जाएगी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित ज़िलों की बढ़ती लंबाई के अनुसार आरोही क्रम कौन सा है आरोही क्रम की हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कि आरोही क्रम कौन सा है तो इसका जो आरोही क्रम होगा यहाँ पर बी ऑप्शन आप लोग चूज़ करोगे सबसे जो आ, कम सीमा जिसकी लगती है वो बीकानेर है उसके बाद गंगानगर फिर बाड़मेर फिर जैसलमेर यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक है जिला मुख्यालय की बात की है यहाँ पे तो जिला मुख्यालय किसका नज़दीक है गंगानगर का और सबसे दूर किसका है तो सबसे दूर जो है वो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सत्ताईस नंबर क्वेश्चन पर कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है छप्पन का मैदान कौन से भाग में है चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें थोड़ा सा टाइम दे देते हैं आपको तो ये आ जाएगा दक्षिण भाग में दक्षिण भाग में क्या है छप्पन का मैदान है राजस्थान में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निमन में से कौन सा ज़िला मध्य प्रदेश के साथ बारसीमा बनाता है ऑप्शन आप लोगों के पास है अभी कोटा बारह झालावाड़ और ये थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं सॉरी बार की जगह यहाँ पे ये लिखोगे आप दो बार दो बार कौन कौन सा ज़िला जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है तो मेरे ख्याल से ये तो आप लोग आराम से बता ही पाओगे यहाँ पर आप आपके पास ऑप्शन है बारह कोटा झालावाड़ और प्रतापगढ़ चलिए जल्दी बताइए तो ये बनाता है कोटा कोटा इसी हिसाब से है जैसे मान लो यहाँ पर कोटा बन रहा है तो एक इस साइड से सीमा बनाता है एक इस साइड से सीमा बनाता है राजस्थान के मैप में अगर आप लोग देखोगे कोटा तो इस साइड से बनता है कोटा और ये एक इस साइड से सीमा बनाता है और एक इस साइड से सीमा बनाता है चलिए आगे देखते हैं कि सालो प्रदेश कहाँ पर स्थित है सालो प्रदेश ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है अपना सालो प्रदेश चलिए तो ये है अपना अलवर के आस का जो अलवर के आस का एरिया है वो किस में आता है सालो प्रदेश में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तीस नंबर टोंक व भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है टोंक व भीलवाड़ा के जो नज़दीक का क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है खेराड़ गोडवाड़ प्रदेश मेवल प्रदेश या देवलिया प्रदेश चलिए जल्दी बताइए जी बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा तो टोंक और भीलवाड़ा के आस का जो क्षेत्र है वो खेराड़ के नाम से जाना जाता है अब क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला संभाग कौन सा है पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं कुल संभाग कितने हैं और लास्ट जो संभाग बना था वो कौन सा बना था ये कमेंट करके बताओगे अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है तो ये है अपना जयपुर जयपुर जिसे हम क्या कहते हैं पिंक सिटी भी बोलते हैं और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला संभाग भी क्या है अपना यही है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं धौलपुर का प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था धौलपुर का पुराना नाम पूछा है कई बार भी एग्जाम में पूछ लेते हैं तो धौलपुर का पुराना नाम है कोठी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि धौलपुर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है धौलपुर आप लोगों को पता है कि सबसे छोटा जो प्रदेश है वो धौलपुर ही है और कितना एरिया है जो फैला हुआ है तो 0.89 परसेंट एरिया में धौलपुर फैला हुआ है राजस्थान के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के बारे में बात किया कि सबसे की सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस संभाग में है तो पहला ऑप्शन आ गया अपना उदयपुर उदयपुर के बाद ऑप्शन है जयपुर बीकानेर और जोधपुर तो सबसे ज़्यादा एस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एस वाले लोग कहाँ पर रहते हैं उदयपुर संभाग के अंदर चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट दिया है कि सबसे कम जनसंख्या किस संभाग में है एक तो आप लोग बताओगे कि सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है कमेंट करके बताओगे कि सबसे नया जो संभाग बना है वो कौन सा संभाग बना है और उसके बाद बताना है कि सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी बता सकते हो आप लोग कमेंट करके तो ये आ जाएगा अपना कोटा कोटा संभाग क्या है सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है नेक्स्ट है कि 4 जून 2005 से पहले जयपुर संभाग में कितने ज़िले थे ये 4 जून 2005 से पहले का पूछा है ध्यान रखना वर्तमान में नहीं पूछा है 4 जून 2005 से पहले कितने ज़िले थे चलिए जल्दी बताएं। और ये यहाँ पर सात ज़िले नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा ज़िला राजस्थान को सपर्श नहीं करता बहालपुर थार पारकर बाहुल या लाहौर तो ये ऊपर वाले तीन नाम तो मेरे ख़्याल से आप लोगों ने सुने ही हैं बावलपुर भी करता है थार पारकर भी करता है बावल नगर भी करता है तो यहाँ पर लाहौर जो है वो थोड़ा सा अलग ऑप्शन लगा मेरे को तो लाहौर यहाँ पर क्या है टच नहीं करता क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा सीमा के बारे में तो दस ज़िले पाकिस्तान के जो है वो स्पर्स करते हैं लेकिन इसके अंदर सॉरी नौ ज़िले स्प्रस् करते हैं और लाहौर जो है वो स्पर्श नहीं करता नेक्स्ट है राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल किस वर्ष घोषित हुआ बास्केटबॉल के बारे में पूछा है कि इसे राजकीय खेल किस वर्ष घोषित किया गया 38 नंबर क्वेश्चन तो इसे किया गया 1948 में चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का सर्वप्रथम या रायथान नाम किसने दिया राजस्थान को रायथान नाम से किसने पुकारा ऑप्शन आपके सामने जॉर्ज थॉमस जॉर्ज थॉमस के बाद ऑप्शन आते हैं अपने कर्नल जेम्स टोड वाल्मीकि और विलियम फ्रैंकलिन। तो कर्नल जेम्स टोर्ड जिसे क्या बोला जाता है गोडे वाला बाबा बोला जाता है गोडे वाला बाबा के नाम से भी किसको बोला जाता है इसी को बोला जाता है और इन्होंने क्या दिया था रायथान नाम दिया था चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा ज़िला दो राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है यहाँ पर आपको ज़िले दिए हुए हैं हनुमानगढ़ बर्तपुर धौलपुर और कौन सा ज़िला है जो दो राज्यों के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है तो ये नहीं बनाता जी अपना डुमरपुर दोस्तों आज की सीरीज़ में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस किए हैं अगर आपको कोई डाउट है और हमने कुछ गलत भी बता दिया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है और ऐसे ही एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करें अगर आप लोग नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार चैनल का नाम जो है वो आप लोगों को मैं दोबारा बता देता हूँ और एक मुख्य चीज़ जो है वो साथ में आप लोगों को बता देता हूँ कि राजस्थान में इस वक्त कुल दो उपखंड मुख्यालय हैं ज़िलों के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक उपखंड मुख्यालय जयपुर जिले में है और जयपुर ज़िले में कितने हैं तेरह है, है जबकि सबसे कम उपखंड मुख्यालय कहाँ पे है जैसलमेर में जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है लेकिन उपखंड के मामले में ये सबसे कम यहीं पर है थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जय हिंद